ओ नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी शुकराना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी गुरु जी के वचन जो उन्होंने समय समय पर कहीं आठवीय वचन हमारा मार्गदर्शन करते हैं सब तो उच्चा पाठ घरवाला घरवाली दी सेवा करे घरवाली घरवाले की सेवा करे दोनों मिलकर अपने बच्चों को संवारो अपने घर न रहित रखो गुरु जी सबसे बड़ा पाठ तब होता है जब पति पत्नी की और पत्नी पति की तथा दोनों मिलकर बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं